उसने सोचा कि महात्मा से बात करेंगे सुबह सुबह सौभाग्य हमारा संत के दर्शन हुए कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग और दर्श उन्हीं को होते है पूर्ण भाग साधु दर्शन राम का याद और लेखे में वही समय बाकी का समय बर्बाद